मनी दे तो मनी मनी मनी ऑलवेज मनी यहाँ पैसों के पीछे है दुनिया पागल लेकिन पागल भी ये मनी मनी मनी पैसा पैसा मनी मनी मनी ऑलवेज ट्राई टू मनी अर्न मनी कहा से इधर से उधर से अरे राम लाल के कोटे से मनी मनी खरीद के लातू मनी क्योंकि मनी देगा साथ तेरे अंड भक्त के कोने से तू रोने के फायदे नहीं हमें मनी चाहिए बस मनी थी तो मनी मनी मनी यस ऑलवेज मनी यहाँ पैसों के पीछे है दुनिया पागल लेकिन पागल भी पने ये मनी मनी मनी पैसा ही करा देगा सब कुछ पैसों की ये बात छोटे नहीं हासिल ऐसा देखो पैसे के पीछे पागल हजारों लोग है लेकिन मेरे जैसे भी किसी का इलाज नहीं है क्योंकि पैसे कमाने की हर जरूर होता है लेकिन पैसों से ही सब कुछ होता है पैसा, पैसा, पैसा, पैसा, like तो खाओ खाओ लोगे क्या मेरी यार पैसा बोलो ना पैसा पैसा खोखा बेच पैसा ही जरूरत जरूरतमंद पैसा ही करे काबुल है बाकी सबको कर देते यह मजबूर हैं, जाओ जाके गांड मराओ